है गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो आज का ब्लॉग फर्स्ट टाइम नाइट ब्लॉग होने वाला है जो कि तुलसी जी की पूजा होने वाली है देख सकते हैं आप अभी अंधेरे में भी लाइट जला देंगे और वीडियो में देखते रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा वीडियो में दिखाते हैं So guys, देख रहे हैं मैं अपनी बहन को पूजा करना सिखा रहा हूँ अच्छा हमको सिखा रिया है पूजा सही से करना है तेरे बाप को मत सिखा चल रही <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो गाय देख रहा मैं अपनी सिस्टर को पूजा करने के लिए सिखा रहा हूँ नाक बह रही है सुरसो सुरसो गेज जाती है